यो यो यो बहुत आज हम लोग एक बार और GTA San Andreas की वीडियो लाए हैं तीन चार दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी तो आज मैं सोच रहा हूँ हाँ बुगाटी सबसे महंगी गाड़ी वर्ल्ड की बुगाटी चिरोन चलाने वाले हैं देख रहे हो तुम बुगाटी चिरोन बुगाटी आई लाइक दिस गाड़ी इसका साउंड इतना है, है यार बुफ बुफ यार क्या गाड़ी अलग है यार बोगाटी की शेड एक क्या मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये मेरी इतनी फेवरेट कार है बोगाटी चिरॉन, बोगाटी तो आओ यार बोगाटी भगाते हैं जितनी स्पीड हो सके उसकी चेक करते हैं पहले स्पीड कितनी है इसकी उसके बाद इसको भगाएंगे और इसमें अलग अलग इफेक्ट भी है हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं विद ऑटोमेटिकली देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको मैंने कितने सारे कलर चेंज कर दिए ये इसमें अलग ही स्पेशल मूवमेंट है यार ये स्पेशल गाड़ी है मेरी बहुत फेवरेट गाड़ी है यार गाड़ी है गाड़ी गाड़ी, गाड़ी सॉरी और देखो यार ये बहुत ही गजब की गाड़ी है और मेरी फेवरेट है तो आओ यार इसकी टेस्टिंग करते हैं पूरी स्पीड में भगा भगाते हैं इसको पहले तो रोड को क्लियर करने दो क्योंकि ये स्पीड पकड़ लेती है तो रोड कम पड़ जाता है तो बैन के लौड़ रोड पे ही एक्सीडेंट होते पहले हमें होगा पे। सुनी तुम लोगों ने यार सुनी इसकी कितनी मस्त साउंड इफेक्ट है यार हूँ हूँ क्या मस्त है यार मुझे बहुत फेवरेट लगी ये वाला साउंड इफेक्ट इस कार की और अब इसको हाइपिंग पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं फुल स्पीड में कितनी स्पीड है इसकी ये यार लो ये लो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं देखो यार तुम स्पीड देखो कार की यार, कितनी स्पीड है यार? एक सेकंड ओवरटेक नहीं कर सकता लेकिन मैं इतनी स्पीड नहीं है इसमें हो सकती है शायद चीज एक सेकंड हो जाएगी हो जाएगी रोड कम पड़ रहा है रोड कम पड़ रहा है मुझे पता होता हो गई हो गई अब तो हो गई एक्सीडेंट हो गया भैया छोटी रोड मिल गई तो एक्सीडेंट होना है एक सेकंड कौन है ये कदया अबे रुक जाओ ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला सटा गया था मेरी बुगाटी क्यों भगख रही है आगे यार ऐसा नहीं कर बुगाटी तेरे लिए पूरे घर बेच दिया मैंने अब तू और मैं अकेले रह गये इतना कष्ट मत मुझे बुगाटी की हॉर्न ब्लो कर रहा है अब कोई आगे मत आना मेरे आगे कोई मत आना मेरी बुगाटी भाग रही है तो येल्लो कलर का मिल गया बैठी तो कर बैठू अरे बैठी अब तो कर लूंगा मैं येल्लो फ्लेवर मिल गया मुझे लेमूरकनी और बुगाटी का येल्लो फ्लेवर अगर मिल जाए ना बैठे तो समझ लो बैठे अब तो रेस में होना है हमको पार करना है कुछ ना कुछ ये देखो हम लोग अब डायरेक्ट फ्लाइंग किट करने वाले हैं बुघाटी से कितना रिस्पॉन्स कितना रिस्पॉन्स मिलता है ये उड़ गया मैं और नीचे गिरा बस आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं जय बुघाटी बाबा लव यू वाइस सब्सक्राइब ना